दर्शकों नमस्कार दर्शकों एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि सूर्य देव तुला राशि में नीच के होते हैं और 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक के ये नीच के होने जा रहे हैं हमारा ये पूरा वीडियो देखिएगा मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए काफी कुछ सावधान रहने की अब जरूरत है तो दर्शकों वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि में स्थिर होने पर सूर्य को नीच का सूर्य कहा जाता है जिसका साधारण शब्दों में अर्थ यह होता है कि तुला राशि में स्थित होने पर सूर्य अन्य सभी राशियों की तुलना में सबसे ज्यादा बलहीन हो जाते हैं कुछ वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नीच के जो सूर्य होते हैं सदा अशुभ फलदाई होते हैं जो कि सत्य नहीं है क्योंकि यदि कुंडली में ही सूर्य नीच के हो गए तो फिर संसार कैसे चलेगा तो शुभ अशुभ प्रभाव को जो है देखा जाता है कि जो है चलित कुंडली क्या कहती है महादशा क्या कहती है देखिए ये प्रॉपर चीजें हैं ये राशिफल जो हम बता रहे हैं चंद्र राशि पर आपको बताने जा रहे हैं देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्तम जन्म राशि ना चिंतित विवाह सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानत्तम नाम राशि ना चिंतित तमाम हमारे दर्शक लोग कहते हैं कि ये राशिफल किस पर आधारित है तो चंद्र राशि पर आधारित है सिर्फ और सिर्फ सूर्य को मानक मान करके ये गोचर बताया जा रहा है अन्य सभी ग्रहों की स्थिति भी विचारदीय होती है वो इस प्रोग्राम में नहीं बता सकते क्योंकि समय का अभाव रहता है तो दर्शकों यदि आपको प्रॉपर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना कर है तो इधर 17, 18, 19 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे और नवंबर में भी दिल्ली में रहेंगे तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का मिल करके विश्लेषण करवा कर सकते हैं दर्शकों जिसके कुंडली में जो है सूर्य अशुभ के होते हैं तो ये जान जाइए कि आपके ऊपर एलिगेशन लगना तय है अगर आप सरकारी पक्ष में हैं तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे आपके ऊपर कोई चोरी का आरोप लग जाएगा आपके अधिकारियों से पटेगी नहीं आपका इधर से उधर स्थानांतरण होता रहेगा तो काफी कुछ चीजें रहती हैं निगेटिव रहती है सूर्यदेव अट्ठारह अक्टूबर दो दिन शुक्रवार रात को जो है बारह बजकर इकतालीस मिनट पर कन्या से तुला राशि में गोचर करेंगे और 17 नवंबर 2019 रविवार दिन रहेगा रात्रि में साढ़े बारह बजे फिर जो है तुला राशि के बाद यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा हल मेष राशि के जातकों पंचमे सूर्य की गोचर में सप्तम भाव में उपस्थिति के कारण यह समय विद्या एवं संतान के लिए उत्तम नहीं रहेगा आपके विद्या में एजुकेशन में अवरोध आता हुआ दिखाई पड़ रहा है बहुत प्रयास कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए नहीं कर पाएंगे संतान को कुछ शारीरिक कष्ट होगा यदि आपकी जो है मतलब जो है क्या कहते हैं संतान आने वाली है इस दुनिया में तो उसको कोई कष्ट हो सकता है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होगा दाम्पत्य जीवन में कलह वातावरण रहेगा आपको बार बार राजकीय कार्यो में असफलता मिलेगी जिसके कारण मन में क्रोध स्वाभाविक रहेगा यात्राओं का योग बन रहा है लेकिन ये यात्राएं आपके लिए सक्सेस नहीं रहेगी उधर विकार उधर मतलब होता है पेट तो पेट से रिलेटेड कोई कष्ट हो सकता है खर्चों में आपके अधिकता बनी रहेगी इस अवधि में काफी प्रतिकूल स्थिति रहेगी जिसके कारण आपके मन में क्रोध आएगा नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रहेगी इस अवधि में कार्यक्षेत्र में असफलता का योग है दर्शकों सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोग अनैतिक कार्य मत करिएगा अन्यथा बहुत तगड़ा आप लोग फंस सकते हैं तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मेष राशि के जातको कोशिश कीजिएगा सूर्य देव को नित्य आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का इधर एक माह कम से कम तीन बार पाठ आपको करना रहेगा वृषभ राशि के जातको चतुर्थे सूर्य की गोचर में छठे भाव में उपस्थिति के कारण देखिए सुख में अल्प वृद्धि होगी आपके शत्रु पराजित होंगे मन आपका रहेगा रहेगा रोग का नाश होगा शरीर स्वस्थ राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त होगी लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी अनिति का कोई कार्य मत करिएगा धन धान में अल्प वृद्धि होगी बाहरी स्थान से आपके संबंध बनेंगे इस अवधि में यदि आप रोजगार में वृद्धि होगी देखिए सूर्यदेव भले नीच के हैं सूर्यदेव नीच के भले लेकिन देख अपनी उच्च राशि को रहे हैं तो जब भी ये उच्चगत राशि को देखते हैं तो वहां पर अमृत बरसाते हैं लेकिन जब नीच राशि में जो है जहां बैठते हैं वहां पर हानि करते हैं तो शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त होगी लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष शत्रु भी आपके सामने सर उठाएंगे तो आपको इन चीजों से सावधान रहना रहेगा फिलहाल आय में अच्छी वृद्धि होगी पुराने जो पैसे आपने किसी को दिए हुए हैं वो आपके निकलते हुए इस दौरान आपको दिखाई पड़ेगा शरीर स्वस्थ रहेगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा और शत्रुओं पर तो आपको विजय प्राप्त होती ही होती दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर क्या करिए कि आपको अच्छा फल मिले तो कोशिश कीजिएगा कि गेहूँ का गुड़ का और तांबे का दान रविवार वाले दिन आप लोग करिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार फाठ जरूर करिए वहीं मिथुन राशि के जात तृतीय सूर्य की पंचम भाव में उपस्थिति के कारण संतान के प्रति आपका जो मोह है ये बढ़ेगा यदि आपकी संतान कहीं बाहर रह के पढ़ाई करती हैं तो बार बार आपको उनका जो है मोह सताएगा मन में कुछ आपके जो है नेगेटिव थॉट्स आएंगे नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी रहेगी संतान एवं स्वयं को शारीरिक कष्ट हो सकता है आय में वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा राजकीय कार्य में विवाद हो सकता है आपके पराक्रम का प्रभाव रहेगा इस अवधि में शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है शत्रुओं में वृद्धि तो होगी लेकिन इसके साथ साथ इनकम में भी आपकी वृद्धि होगी इस अवधि में संचित धन में हानि हो सकती तो है, पर है परिवार में शारीरिक कष्ट का योग बन रहा वाद विवाद होगा सूर्य के वैदिक मंत्रों का प्रतिदिन जाप करिए और उगते हुए सूर्य के समक्ष आप दस मिनट जरूर बैठिए क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आती हुई दिखाई पड़ रही है कर्क राशि के जाप द्वितीय सूर्य की गोचर से चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण भूमि से संबंधित विवाद के कारण मन में अशांति रहेगी माता को ज्वर इत्यादि से पीड़ा हो सकती है जीवन साथी से मतभेद के कारण दांपत्य जीवन में दांपत्य सुख में कमी रहेगी आपके समाज में मान सम्मान के हेतु भी कुछ कष्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वाणी की कठोर कठोरता के कारण आपके मान सम्मान में कमी आएगी उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे आपके काम में कोई ना कोई कमी निकालेंगे आपके सुख में कमी महसूस होगी इस अवधि में वाणी एवं स्रोत पर आपको नियंत्रण रखने की सूर्यदेव यहाँ सलाह दे रहे हैं मान सम्मान में देखिए कमी आएगी इस अवधि में शारीरिक कष्ट रहेगा इस अवधि में भाग्य में आपके जो है अल्प वृद्धि होगी और शत्रुओं की वृद्धि ज्यादा होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा विष्णु सहित नाम का प्रतिदिन पाठ करिए और उगते सूर्य को अर्घ आपको देना रहेगा सिंह राशि के जातको सूर्यदेव का यह गोचर जो रहेगा तो लगने सूर्य के तीसरे भाव में उपस्थित होने के कारण शुभ संदेश की प्राप्ति होगी भाग्य का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा संचित धन में वृद्धि के कारण मन में हर्ष रहेगा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी मान सम्मान में वृद्धि तथा उच्च से मित्रता बढ़ेगी छोटे भाई बहन का शारीरिक कष्ट हो सकता है इस समय सुख समृद्धि में वृद्धि होगी कार्य क्षेत्र में मन के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी इस अवधि में आपके शत्रु पराजित होंगे यात्राएं हो सकती हैं लंबी दूरी की होंगी और लाभकारी यात्राएं होंगी विद्या से रिलेटेड धन से रिलेटेड मान सम्मान से रिलेटेड इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी आपका कुल मिलाकर के स्वस्थ रहेगा और भी अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय का पाठ और गोचर से द्वितीय भाव में उपस्थिति के कारण संचित धन में जो धन है, आपकी जो एफ डी है जो म्यूचुअल फंड है जो एल आईसी की आपने रखी है उसमें कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी टूट सकती है नेत्र से संबंधी कोई विकार हो सकता है खास करके दाहिने नेत्र से रिलेटेड दुष्ट लोगों से संगति आपकी रहेगी कोई दुष्ट लोग आपके ऊपर हावी रहेंगे स्वभाव में आपका जिद्दीपन बढ़ जाएगा लोग आपको चीटिंग करेंगे धोखा देंगे परिवार में मतभेद बढ़ सकता है इस अवधि में शारीरिक कष्ट हो सकता है रक्त एवं ताप से संबंधित रोग रोग हो सकते हैं बंधुओं से विरोध के कारण मन में अशांति रहेगी इस अवधि में धन हानि हो सकती है सुख की कमी का आभास होगा व्यवसाय में हानि हो सकती है पार्टनरशिप से बचिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गेहूँ का गुड़ का तांबे का सोने का यदि आप कैपेबल हैं तो दान करिए और सूर्य देव को प्रतिदिन आपको अर्घ देना रहेगा आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार सूर्य के समक्ष बैठ के पास करना रहेगा तुला राशि भाई सबसे खतरनाक स्थिति क्योंकि इनकम के लॉर्ड है ना सूर्य तो आय सूर्य की लग्न में गोचर के कारण मनोनुकूल सफलता ना मिलने के कारण आपके मन में क्षोभ और क्रोध की भावना बढ़ेगी रक्त से रिलेटेड हड्डियों से रिलेटेड ज्वाइंट पेन से रिलेटेड मौसमी बुखार वायरल फीवर आदि से संबंधित रोग से शारीरिक कष्ट हो सकता है वाहन इत्यादि से आप चोटिल हो सकते हैं मन की अस्थिरता के कारण जातक कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं जीवनसाथी को भी कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति विलम्ब से होगी भाई एवं मित्र से विरोध का सामना करना पड़ेगा इस अवधि में शारीरिक कष्ट हो सकता है ये अवधि कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए अच्छी नहीं रहेगी कुल मिला करके उच्चाधिकारियों से आपका बात बात हो सकता है अचानक से शत्रुओं में वृद्धि होगी और आपके अपने आपका बड़ा विरोध करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए सूर्य देव को नित्य अर्घ दीजिए सूर्य आराधना आप करिए वृश्चिक राशि के जातकों तो टेंथ हाउस के चूंकि लाल लाख के सूर्य बनते हैं तो दसवें सूर्य की गोचर से व्यय में उपस्थिति के कारण कार्य से संबंधित लंबी यात्राएं हो सकती हैं निर्माण कार्य में खर्चों का योग बन है कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपके बढ़ेंगे नेत्र एवं ज्वर आदि से शारीरिक कष्ट हो सकता है आपके शत्रु पराजित होंगे परंतु आपके जो मित्र रहेंगे ये कुछ शत्रुवत व्यवहार करेंगे संचित धन में हानि हो सकती है इस अवधि में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा आपके मित्र हमने आपको बताया शत्रुवत व्यवहार करेंगे कुछ ऐसा आपको अपने दोस्तों से नहीं बोलना है कि उनके दिल को ठेस पहुँचे इस अवधि में आपको फिलहाल पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कि धार्मिक कार्य में आपका पैसा अधिक खर्च होगा इस शिवलिंग परमक शिवाय मंत्र से चढ़ाना रहेगा और सूर्य देव की जो है आराधना करनी रहेगी अतिदय सोत का पाठ करना रहेगा वही धनुराशि के जातको चूंकि सूर्य जो है भाग्येश भी आपके हैं तो भाग्येश सूर्य की गोचर में ग्यारहवें भाव में उपस्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में आपको अल्प सफलता प्राप्त होगी समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी विभिन्न आयाम से आय में कुछ वृद्धि होगी शरीर स्वस्थ रहेगा सामाजिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धि होगी पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा राजकीय कार्य में सम्मान की प्राप्ति होगी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी इस अवधि में निर्माण कार्य में अधिक आपका पैसा खर्च होगा आपका पैसा अधिक खर्च होगा यदि आपका पैसा फंसा हुआ तो हो सकता है इस अवधि में आपको मिले लेकिन खर्च अधिक होगा आपको कोई चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है उच्चाधिकारियों से कुछ आपकी टू तुम हो सकती है इन चीजों से आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सूर्य देव के वैदिक मंत्र की एक माला का जाप करिए सूर्य देव को नित्य अर्घ दीजिए मकर राशि कैप्टिकॉन तो अष्टमेश सूर्य की गोचर से दसम भाव में उपस्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी लेकिन यह आंशिक सफलता रहेगी नए कार्य प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त होगा कोई भी कार्य करिएगा का, इंडिविजुअल करिएगा पार्टनरशिप में मत करिएगा शारीरिक कष्ट कुछ हो सकता है वाहन इत्यादि से चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है समाज में प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मित्रता आपकी हो सकती है मुलाकात हो सकती है इस अवधि में मान सम्मान की प्राप्ति होगी तथा आय में कुछ आपके वृद्धि होगी इस अवधि में आकस्मिक सफलता आपको प्राप्त होगी आ, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो मकर राशि के जातकों सूर्य देव को नित्य अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए कुंभ राशि के जातकों सप्तमें सूर्य के गोचर से नवम भाव में उपस्थित के कारण धार्मिक कार्य में मन नहीं लगेगा व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होगी जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है सूर्य अपनी नीच राशि में उपस्थित है जिसके कारण बस इस राशि के जातकों पर कोई एलिगेशन लग सकता है झूठा आरोप लग सकता है इस अवधि इस अवधि में आपको मित्र एवं शत्रुओं की पहचान होगी कौन अपना है कौन पराया है आपके पराक्रम में वृद्धि होगी छोटे भाई बहनों को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है इस अवधि में कार्य में सफलता प्राप्त होगी इस अवधि में जो है आप शत्रु पराजित होंगे और आपको कुछ कष्ट हो सकता है। राजकीय कार्य से एक माला का आप लोगों को नित्य जाप करना रहेगा गेहूं का गुड़ का तांबे का दान धर्म स्थान के दिन रविवार के दिन आपको करना होगा अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन के सूर के जातकों की गोचर से आठवें भाव में उपस्थित कारण आपके रोग में वृद्धि होगी नेत्र संबंधी कोई विकास से आपको कष्ट हो सकता है खान पान पर नियंत्रण न होने के कारण आपको पेट से रिलेटेड कोई शारीरिक कष्ट होगा परिवार में कलहपूर्ण वातावरण रहेगा संचित धन में हानि हो सकती है राजभय अर्थात मुकदमा जुर्माना आदि का योग बन रहा इस अवधि में शरीर को कष्ट हो सकता है परंतु भाग्य का जो है थोड़ा बहुत आपको साथ मिलेगा तो कुछ मामलों में आपको राहत मिलेगी इस अवधि में कुछ कार्यों में आपको राजकीय क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होगी लेकिन आकस्मिक धन की हानि हो सकती है इस अवधि में यदि आप कोई घर से संबंधित निर्माण कार्य करने जा रहे हैं है। बेतहाशा आपका पैसा खर्च होगा वाहन इत्यादि से चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है यात्राएँ होंगी लेकिन अकारगर यात्राएँ होंगी उपाय के तौर पर विष्णु सहित का आप पाठ करिए प्रतिदिन और कोशिश कीजिए कि डेली सूर्यदेव को जल में लाल कुमकुम गुड़ और थोड़ा सा आप उसमें कोई लाल पुष्प रख लीजिएगा और आपको अर्घ देना रहेगा अधिक हृदय स्रोत का तीन बार पाठ सभी क्षेत्रों में आपको विजय दिलाएगा तो दर्शकों ये तो था नीच के सूर्य का फल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए 18 उन्नीस 20 तारीख को दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली काम पर कर विश्लेषण करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जम कर शेयर कीजिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार